हेलो गाइस कैसे हो आप सब लोग होप आप सब बढ़िया है और आगे भी बढ़िया रहेंगे गाइस आज की स्पीड में हम बताने वाले हैं कि फ्री फायर सच में बैन हो गया क्या अगर बैन नहीं हुआ तो प्ले स्टोर से क्यों हटाया गया या फिर एक लीच है देखो अगर प्ले स्टोर से फ्री फायर हटाया गया तो इसका मतलब एक रीजन नहीं है काफ़ी सारे रीजन हो सकता है काइस नंबर वन पर जो रीजन निकल गया है वो सबसे बड़ा रीजन है इंडियन गवर्नमेंट देखो इंडियन गवर्नमेंट को साफ साफ दिख रहा है कि ऑनलाइन गेम की वजह से क्या क्या बैड इफेक्ट देखने को मिल रहा है और तो और कुछ दिनों पहले इंडोनेशिया पे भी वहाँ का गवर्नमेंट ने फ्री फायर को फ्री फायर ही नहीं काफ़ी सारे ऑनलाइन गेम को बैन कर दिया क्योंकि इसके वजह से वहाँ के यूथ को काफ़ी सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है और तीन महीने के लिए बांग्लादेश पे भी फ्री फायर को बैन कर दिया फिर भी वहाँ का ऑडियंस बी लगा के दूसरे सरवार पर खेलते रहता है तो ये तो वहाँ के गवर्नमेंट को भी शायद से पता है तो बैन लगाने का क्या फ़ायदा हुआ मुझे नहीं पता और कुछ दिनों पहले बेंगलोर का एक बच्चा 48,000 रुपया लगाया ऑनलाइन गेम पे तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है वहाँ का उसका पेरेंट्स का अगर क्रेडिट कार्ड यूज करके वो पैसा लगा रहा है तो उसके पेरेंट्स को पता होना चाहिए और पेरेंट्स को भी कहता हो कि आप अपने बच्चे को संभालो वो आपका फ़ोन में क्या क्या कर रहे हैं आपको देखना जरूरी है और तो और आपने उसका क्रेडिट कार्ड भी दे दिया वो भी एक बच्चे को तो ये तो उसकी पेरेंट्स की गलती है इस पर फ्री फायर क्या कर सकते हैं इसके वजह से फ्री फायर को नहीं बैन कर सकते हैं और फ्री फायर वैसे भी एक बड़ा बहुत बड़ा कंपनी है वो छोटे मोटे रीजन की वजह से फ्री फायर को इंडियन गवर्नमेंट कभी नहीं बैन कर सकता है नंबर दो पे जो सबसे बड़ा रीजन निकल गया था वो है एयरटेल यूजर के साथ इसमें से ज़्यादातर प्रॉब्लम जो दिख रहा है वो एयरटेल यूजर के साथ ही दिख रहा है और कोई दूसरे ब्रांड का जो कोई सिम कार्ड यूज करते है उसके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है मैं ये कहना चाह रहा था, था ना की एयरटेल का इंटरनेट थोड़ा काम नहीं कर रहा है जैसे फ्री फायर ऐप वगैरह में हो गया तो ये क्या हटा दिया गया है क्या सर्वर वगैरह सरकार द्वारा कर दिया गया है तर, कल से अच्छा अच्छा अच्छा सर ये बता सकते हैं और कहाँ कहाँ मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ बाकी जियो वगैरह में तो सारे यूज हो पा रहे हैं बट इसी में नहीं हो पा रहा है तो मैं जान सकता हूँ कि और किस किस चीज़ में ये हटा दिया गया है सर्वर वगैरह तो तो तो बंद हुए थे अच्छा तकरीबन एक सौ सोलह के अप्रॉक्स लेकिन अब टोटल बंद करे गए सरकार ने वो तो फ्री फायर को मिला अगर एक सौ अठारह सौ भी कम तो इसका सर कुछ सॉल्यूशन वगैरह या फिर क्या होगा आगे सर कोई अपडेट नहीं है जो है गेम चाहे दोबारा तो चालू हो सकता है या नहीं हो सकता कोई तो इसका अपडेट अच्छा तो ऐसा क्यों कि जियो में हो पा रहा है एयरटेल में नहीं हो पा रहा है इसका कुछ रीजन इसमें कोई रोल नहीं है भी तो भी रोल है जो है जो तो तो कुछ वो सरकार सरकार द्वारा किया था तो आपको इन्फॉर्म कर सर ठीक है ओके थैंक यू सर थैंक यू यहाँ पे साफ साफ एयरटेल कंपनी बता रहा है कि उनका कुछ भी हाथ नहीं है सब कुछ हाथ है गवर्नमेंट का तो जो कुछ भी किया गवर्नमेंट ने किया एयरटेल कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं है, थ्री में जो निकल का था है और देखो, कुछ दिन पहले गेरीना फ्री फायर इलुमिनेट नाम का प्ले स्टोर में अपडेट आया था इस वजह से जो इस्लाम प्लेयर था वो काफी ज्यादा ओपेंड हो चुका था फ्री फायर के वजह से तो ये भी एक बड़ा चीज हो सकता है फ्री फायर बैन होने के लिए क्योंकि एलुमिनेट और एलुमिनाटी दोनों एक टाइप का वर्ड है आपको शायद से ये सब चीज़ पता ही होगा अगर आपको ये सब चीज़ नहीं पता है तो आप जरूर से YouTube पे जाकर सर्च कर लीजिए एलुमिनेट भरसेस एलोमिनाटी तो आपको काफ़ी सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा नंबर फोर्थ पे जो हमारा रीजन निकल करता है वो है गेरीना फ्री फायर का ग्लीचेस देखो भाई गेरीना फ्री फायर में काफ़ी ज्यादा ग्लीच से भर चुका है और कुछ दिनों पहले गोल्ड और नम का एक ईवेंट आया था उसमें काफी ज्यादा बंदे स्पिन करने लग रहे थे इस वजह से आ गया सर्वर पे लोड और ये सर्वर के लोड के वजह से शायद से गेम ओपन नहीं हो रहा है ये भी एक रीज़न हो सकता है नंबर फाइव पे हमारा जो रीज़न निकल का था वो है गेरीना प्रीपायर खुद देखो गाइज गेरीना प्रीपायर है खुद से भी ये काम कर सकते क्योंकि वो फ्री फायर मैप्स को ज़्यादा प्रोमोट करना चाहता है तो इस वजह से फ्री फायर को रिमूव कर दिया मुझे लगता नहीं है रीजन हो सकता है क्योंकि कोई अपना नुकसान क्यों करेगा एक चीज़ को बढ़ाने के लिए कोई अपना दूसरे चीज़ का नुकसान करेगा मुझे नहीं लगता है कि फ्री फायर ऐसा कुछ काम कर सकता है तो गाइस अब हम बताते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में देखो गाइस आपके अगर मोबाइल पे एटलीस्ट दो जी रैम है तो आप फ्री फायर मैक्स डाउनलोड कर लो आपके दो जी रैम के मोबाइल पे भी फ्री फायर मैक्स आसानी से चल जाएगा तो ये तो हो गया एक नंबर पॉइंट और जो दूसरा नंबर पॉइंट है कि जो बंदा फ्री फायर मैप्स डाउनलोड ही नहीं कर सकता तो वो क्या करें देखो आप अगर फ्री फायर मैक्स डाउनलोड नहीं कर पाओगे तो आप मोबाइल पे एक काम करना बी डाउनलोड कर लेना बी लगाने के बाद आप गना फ्री फायर खेलना तो उस पे आपका कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है आपको अगर फिर भी कुछ दिक्कत आ रहा है तो मुझे कमेंट पे जरूर से बता देना मैं उसकी सॉल्यूशन के बारे में जरूर से बात करूँगा तो चलो मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो के लिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत